अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने झारखंड में हुए लव जिहाद के मामले पर ज्ञापन सौंप आरोपी को फांसी देने की मांग की है उनका कहना है कि लव जिहाद के चलते एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई लेकिन शासन और प्रशासन मौन बैठा है झारखंड के साहिबगंज में रूबिका नाम की युवती की लफ्जी हाथ के चलते हत्या कर दी गई युवती के धर्म बदलने से इनकार करने के बाद कट्टरता के चलते आरोपी अंसारी ने युवती की हत्या कर उसके पचास टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिया जिससे आक्रोशित होकर आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग की है और कहा है कि ऐसे ही धर्मांतरण लगातार इस परासिया के आदिवासी अंचल पे हो रहा है लेकिन शासन प्रशासन मौन है उनका कहना है कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों के ऊपर कठोर का कार्रवाई की जाए आदिवासी विकास परिषद की ओर से आज एच साहब को ज्ञापन दिया गया जिसमे हम सभी की मांग है कि जो झारखंड क्षेत्र में जो पहाड़िया जनजाति की हमारी आदिवासी बेटी है रूबीका उसकी नर्मम हत्या कर उसके 50 टुकड़े करके उसे फेंका गया है उसके अपराधी को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए उसके विरोध ज्ञापन आदरणीय तहसीलदार महोदय को सौंपा गया है सभी आदिवासी भाई और बहनों की ओर से जो झारखंड में जिला साहिबगंज की पहाड़िया आदिवासी जनजाति की बेटी रूबी पहाड़िया के जो धर्मांतरण लव जिहाज के कारण निर्मम हत्या की गई उसके आरोपियों को कठोर एवं जनजाति बेट, बेटियों के विरुद्ध जो देश में चलाए जा रहे हैं लव जिहाज धर्मांतरण पर रोक लगाने हेतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कठोर कानून बनाए जाने एवं आदिवासियों से जुड़े मामलों पर न्याय दिलाने के लिए आज ये ज्ञापन सौंपा गया दूसरा ज्ञापन कि हमारे आदिवासी समाज में जो